पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इसका जमकर विरोध किया जा रहा है वही इसके विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा कटनी पहुंचे जहां वे पूर्व मंत्री संजय पाठक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी की जिसके बाद सभी ने मिलकर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन भी किया बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर भड़काऊ बयान के बाद मोदी समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है इसके विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कटनी पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर कटनी जिले के कटाई घाट मोड़ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उससे पूरा देश गुस्से में है उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत का विरोध करने की राजनीति ही करता है जिस तरह से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे हैं वह असहनीय है पाकिस्तान को अपने हर एक शब्द वापस लेने चाहिए एक असफल देश को अपने नागरिकों के प्रति कन्या कामों में जुटना चाहिए आज कटनी में भारत के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने शब्दों का उपयोग किया है आज उसके खिलाफ उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कटनी के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने बिलवाल भुट्टो जैसे लोगों का पुतला दहन यहाँ पर किया और बेतरफ चेतावनी दी है के पाकिस्तान और विदेश मंत्री बिलवाल भुट्टो होश में आ जा रहा है ये भारत है ये नरेंद्र मोदी का भारत है कि जहां पर आतंकवाद को समाप्त तो किया ही है पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी आतंकवादियों को भोड़ने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तुमने जिन शब्दों का उपयोग किया है भारत की 130 करोड़ जनता आज पूरे देश के अंदर तुम्हें ये जवाब देने का काम कर रही है और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को जो समाप्त किया है अब पाकिस्तान में घुस करके और जरूरत होगी तो उसको भी समाप्त करने का काम यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व तो में देश के अंदर होगा